एक समय एक राजा था उसने कई युद्ध लड़े और जीते वह एक बुद्धिमान वीर और दयालु शासक था लोग उसके राज्य में बहुत प्रसन्न थे एक बार एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया एक बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया वह युद्ध में हार गया उसके कई सिपाही मारे गए और दूसरे अपना जीवन बचाने के लिए भाग गए राजा को स्वयं एक गुफा में छिपना पड़ा वह बहुत दुखी व चिंतित था एक दिन उसने दीवार पर चढ़ते हुए एक मकड़ी को देखा वह थोड़ा ऊपर चढ़ी परंतु फिसल गई और नीचे गिर गई। उसने दोबारा कोशिश की और पुनः गिर गई मकड़ी ने कोशिश करना नहीं छोड़ा वह कोशिश करती रही और गिरती रही ऐसा कई बार हुआ अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई राजा ने स्वयं से कहा यदि यह मकड़ी एक छोटा सा किट बार बार कोशिश करके दीवार पर चढ़ने में सफल हो सकती है तो मैं अपने शत्रुओं को क्यों नहीं पराजित कर सकता हूँ राजा का आत्मविश्वास लौट आया उसने पुनः एक बार अपने सैनिकों को एकत्रित किया और अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अंत में उसने अपने शत्रु को पराजित कर दिया कहते हैं प्रयत्न करो प्रयत्न करो प्रयत्न करते रहो जब तक तुम सफल न हो